तूने क्या किया मेरे साथ मैं बस सोचता ही रह गया तुम कहा चली गई हो मैं बस सोचता ही रह गया मैं चुप रहा मेरी खामोशी में कह गया जो दर्द है तुमने वो मैं सभी सह गया yeah, yeah. खाब खब में, में, में वफा की बात तो मैं रातें भी कटी थी बातों में मेरी तो कितना हसी थी तेरी कमी थी पर वो भी कभी कमी थी।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 I love you more than everything. For more, I won't give a chance. I know that I'm the one you say. Let love possess your heart.